पता, पता कौन तू क्या है तेरी असलियत किसके लिए काम करता है तू हाँ क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने जो इसकी जान ले ली? पता वरना मार मारने वाले सोचते नहीं और सोचने वाले मारते नहीं अगर मैंने तेरे भाई को मार डाला तो तुझे क्यों छोड़ दिया यही सवाल तूफानी भमर की तरह तेरे दिमाग में घूम रहा है न अगर सत्य में विश्वास करता है तो सुन गोली मारने से पहले मैंने उसकी जेब में वैष्णु माता वाला लाइटर डाल दिया था और उसी लाइटर पर मैंने गोली चलाई वैष्णु मां ने तो उसे बचा लिया लेकिन मुझे मालूम है तुम उसे मानना चाहते हो लेकिन तुम्हारी ये जल्दबाजी मेरे मिशन को खतरे में डाल सकती है तुम्हारा मिशन कैसा मिशन मैं उस दिमाग तक पहुंचना चाहता हूं जो मंत्रियों की हत्या का षटयन रचता है तुम्हारा मतलब लंकेश्वर का भी कोई बॉस है लंकेश्वर तो सिर्फ एक धागा है असली गुत्थी तो कहीं और उलझी हुई है मैं उस कुत्ती को सुलझाना चाहता हूं यानी कि एसीपी को भूल तुम ही सूर्य अब दास्त होने वाला है हम शपथ लेते हैं इस देश के दुश्मन को चुन चुन कर मारेंगे इस धरती से भ्रष्टाचार और आतंक का नामों निशान मिटा देंगे हर हाल में हम पूरी पूरी करेंगे अपनी शपथ